बरासिया में भाजपा युवा नेता सौरभ बावरिया ने एक कैंसर पीड़ित बच्चे के इलाज के लिए हैदराबाद के अस्पताल में व्यवस्था की इस मौके पर बावरिया ने कहा कि उनका समाज सेवा है जितना भी उनसे हो सकेगा वे समाज की सेवा करते रहेंगे बरासिया में एक बच्चे का इलाज पैसे की कमी की वजह से नहीं हो पा रहा था जिसकी सूचना सरपंच के माध्यम से भाजपा युवा नेता सौरभ बावरिया को मिली जिसके बाद उन्होंने तय किया की कि बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी की व्यवस्था वे करेंगे वही बावरिया ने कैंसर पीड़ित बच्चे के इलाज के लिए हैदराबाद के एक अस्पताल में बात की इसको लेकर बच्चे के परिजन ने खुशी जाहिर की है बाबरिया का हमारे यहाँ बच्चा है दो साल से कैंसर से पीड़ित है और उसका हैदराबाद में एक ऑपरेशन डेढ़ लाख रुपए का हो चुका है गरीब परिस्थिति होने के कारण दूसरा ऑपरेशन होना है जिसमे एक नकली आग लगाई जानी है और हैदराबाद में जो हॉस्पिटल है उनके ऑनर से भी मैंने बातचीत की उनको स्थिति बताई इस बच्चे की कैसी इसकी आर्थिक स्थिति है और मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है और खुशी का पल है कि दोनों ही जगह से मुझे बड़ा ही सकारात्मक रिस्पांस मिला और ये तय हुआ कि जितना भी ऑपरेशन का सुल्क दूसरे ऑपरेशन में इस बच्चे का आएगा वो पूरा रहेगा एक भी रुपए इनसे नहीं लिया जाएगा केवल आने जाने का खर्च और मेडिसिन का खर्च हैदराबाद में इनका लगेगा बेटे को थोड़ा कैंसर हो गया था तो ये की उसके उपलब्ध में इनने की इनका सहारा रहा हम इनकी वजह से